लड़ाई झगड़ा कुछ अच्छा पति आपके इतना टेंशन में रहा करते थे कल ही हत्या हुआ है हम तो आपका एक्सप्रेशन भी देख रहे हैं कि आपको लगता है कि कुछ चिंता ही नहीं है पति का ऐसा आप दिखने में हम लोगों को लग रहा है कि आत्महत्या क्योंकि पहले भी कई बार वो बोले हूँ की हम आत्महत्या कर लेंगे ऐसा बोले थे कभी बहुत दिन से बोल रहे थे दो तीन महीने से लगता है ट्रेनों तर चुप हो जाए हम को नहीं है मामू से पैसा ले लिया उनकी सासू माँ मौजूद है उनसे हम बातचीत करते हैं क्या कैसे ये घटना हुई है बताइए आप कब घटना हो लोग कैसे थी, तीन बजे तो कल तीन हाँ तीन बजे मारवा था करते करते क्या ऊपर में जो ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं उसी के ऊपर में लगाया गया था रस्सी को और यहाँ मौत हुई आत्महत्या होती लेकिन अब जानना सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर वो आत्महत्या करते हैं तो यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि यहाँ पर एक और लकड़ी है तो इसका भी सहारा लिया जा सकता है तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह दो महीना से यहाँ रहा है लेकिन एक बात बतावा कि आदमी जब आत्महत्या करा है मैंने अपना जान ले ले है तो तो पहले कई कई तरह तरह के के दिमाग में उलझन चला चला चला है, कितना चला है, है, है, बात कितना टेंशन टेंशन, टेंशन टेंशन, टेंशन, टेंशन, टेंशन उनका कोई कोई दुनिया से नहीं का जैन साथियों आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हम लोग एक चीज़ देखा करते हैं कि आम तौर पर जो आत्महत्या या हत्या का मामला देखने को मिलता है तो गांव शहरों में ज़्यादातर लड़कियों के परिवेश में हम लोग देखने को ये घटनाएं मिलती है लेकिन आज जो हम जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं उस गांव में पहुंचे हैं वो एक दीपक कुमार नाम की नाम का लड़का है जिसने अबाद में हत्या किया या हत्या कर दिया गया ये तो अभी बाकी है क्योंकि प्रशासन इसमें लगातार जांच कर रही है लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाँच करने के लिए भेज दिया गया है अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अभी पहुँच चुके हैं इमामगंज प्रखंड के कोठी थाना अंतर्गत झिकटिया कला पंचायत के मंझियामा गांव में जहां ये उस दिलीप कुमार दीप दिलीप कुमार जी जी दिलीप कुमार लड़के का ही ये ससुराल है हालांकि उसका अगर अपना दीपक कुमार दीपक कुमार का ये ससुराल है आप देख सकते हैं यही मैं घर पे अभी पहुंचा हूं तो आप अब सबसे बड़ी बात है कि इनका जो अपना घर था वो झारखंड के नावा छतरपुर में उनका घर था वो पिछले दो महीनों से यहाँ रह रहे थे और साथ में इनका यहाँ से कुछ दूरी पर एक मैगरा गांव है वहाँ मैगरा में उनका नन्हयाल है तो वहाँ भी वो रह रहे थे तो अभी पति पत्नी के साथ यहीं रह रहे थे तो अब देखना बाकी हो कि अभी आत्महत्या हुआ है या हत्या हुआ है तो हम आपको दिखाते हैं और तमाम यहाँ के जो उनके परिजन हैं गार्जियन हैं और जो ससुराल वाले लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये घटना का क्या कारण है और कैसे ये घटना हुई है तो चलिए आपको दिखाते हैं हुई ये वो घर है तो सबसे पहले हम आपको उस घटना असल के बारे में बताते हैं कि कहां पर ये घटना हुई है तो चल, कैमरा से गुजारिश है है कि कि कृपया आप अंदर चलिए हम हैं कहां पर ये घटना हुई है। तो यही वो घर है जो तो आप देख सकते हैं आत्महत्या की गई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 अगर वो टच करती है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल काफ़ी नज़दीक बन रहा है तो यहाँ पर एक सवाल हत्या का भी बन जाता है लेकिन अभी प्रशासनिक मामला है क्या प्रशासन कुछ जांच जाँच करती है अब एक और बात है कि यहाँ पर सारे उनके परिजन मौजूद हैं ससुराल वाले लोग मौजूद हैं तो उनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कारण है तो चलिए लेते हैं उनसे जानकारी तो लड़का जिन्होंने आत्महत्या किया है या हत्या कर दी गई है ये तो सवाल की बात है ये तो जांच का विषय है लेकिन उनकी सासू माँ मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं क्या कैसे ये घटना हुई है बताइए आप कब घटना हो लो कैसे हो आप बोलो तो ना तीन बजे के लगभग अच्छा कल तीन बजे हाँ तीन बजे मारवा मटकोर हो गई था लोग तो पूजी बाबू बा, पूजा करते करते थे भी मारवा से जिसका लत्था क्या के बनने वाली से कल लत्था जैसे नहीं आ लगा क्या पूरा के सब निकाल लत्था हम निकाल वो निकाल को निकाल को गिना निक अब खाट खाट था उल्टा था गिरा था हमरा से से के दगा उलट गिरागे छो जी हूँ और मौसा मौसम हिं मौजूद है और लड़का भी सब मिठाई पे कर खोजाई पे करु दीपक घर से चा भी लगे गल बुलेजी जरा नींद लगे सूते अल थी लन कि खोल तो केवड़िया नीमक कमाल से नीमक लाइना खोल से घूर के चल गल कत मन फिर दे पूजे बेटी की शादी हो से आ जोतो बढ़ा तो फिर ना कुछ कर जल्दी जल्दी करेज करमठिया फिर फिर फिर से से से के के के के लियो देवी पूजा पूजा है है करते करते कोनी कौन रंगा लो नहीं दूसरा तो कोई अंदर वाली लगा ये वाला वाला कहावी माला करतेवाड़ी आत्महत्या हो तो गिर जो कहीं घर बसा नहीं तो देखे डर से पूजा पाठ कलो देवता मून ले गलियो गिर वोश कर लियो फिर शादी करके ना मरवा के के, के बनलो हल ती रखवा करो गिरीबाग वा से दो महीना से यहाँ रहा लेकिन एक बात बतावा कि आदमी जब आत्महत्या करा है मनु अपना जान ले ले है तो ओकरा पहले कई तरह के ओकरा दिमाग में उलझन चला है कई तरह के बात चला है कितना टेंशन चला है तो उनका कोई कोई एकदम टेंशन, टेंशन दुनिया से आ दिमागो में घूर था माए बाप लाए बाप ना रहने दस रोजो ने चार महीना बढ़िया से लैकवा के जो माए बाप हलतीन जहा नवा में तो रहे दिल से ना, रहे दिल का मौर के कहा ट रखा कैसे हम वाले के ना ये से सब टेंशन तो कौन है ये ये पत्नी अच्छा जिनका हत्या हुआ उनकी पत्नी है।, पत्नी है अच्छा तो पहले आप ये बताइए हम कि कैसे कैसे घटना हुआ आपके साथ हो है जीवन आप संगनी हैं उसकी कर गए तो वहाँ से अथी जो लेके गए कहा कि डीजो यहाँ से खराब हो गया से ना तो वहाँ से तो कह दे चो अभी से हम थी जाए सुते सुत जाए भी सदबी तो यहाँ तना कम तो नहीं तबियत ठीक नहीं लगती हम जाती वहाँ रात जागे बड़ी हलक चढ़ रात भर जाग गलिए जाती सुतें ते आंध के हिंसा केवड़ी बनकर अलि ते केड़ी पिटेती तो खोलते न फोन कर कुछ नहीं बहन ऐलक छप पर कूदल तो देखे तू बत हो हमने कोई बहुत लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं अच्छा पति आपके इतना टेंशन में रहा करते थे कल ही हत्या हुआ है हम तो आपका एक्सप्रेशन भी देख रहे हैं कि आपको लगता है कि कुछ चिंता ही नहीं है पति का ऐसा आप दिखने में हम लोगों को लग रहा है लेकिन सबसे बड़ा बात ये हम जानना चाहते हैं कि पति आपके साथ रहते थे चौबीस घंटा आप उनका देखभाल करती हैं वो आपका करते थे है ना पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है तो आखिर उनके आपने कभी टेंसन को जानना चाह कि आखिर क्या टेंसन में रह रहे हूँ और अगर वो टेंशन में इतना अधिक थे कि में हत्या क्योंकि पहले भी कई बार बोले हूं कि हम आत्महत्या कर लेंगे ऐसा बोले थे कभी बहुत दिन से बोल रहे थे दो तीन महीने से लगता है की ट्रेनों तरफ हो जाए माए बाप को नहीं है मामू से पैसा ले लिया कैसे घर दूरा बनाएंगे तो कहना हम रहेंगे बाल बच्चा के लेके लगता है कि हमको जीना मुश्किल है उनको समझाए नहीं समझौते थे लेकिन बहुत मन अच्छा आपके साथ भी कभी अत्याचार करते थे मारपीट ऐसा कुछ किया है ना कभी नहीं, नहीं।, नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप पति का गम नहीं है आपके पास अभी है। है कितने बार बच्चे कितना साल हुआ है शादी को दो साल हुआ अच्छा तो देख सकते है की इनका जो एक्सप्रेशन लग रहा है पत्नी जी है उनकी और किस तरह से कल हत्या हुआ है और इनके एक्सप्रेशन से आप पता कर सकते हैं कि क्या कुछ है, मामले हैं इसके बीच में तो और भी उनके परिजन उनसे भी ऐसे लड़का तो। के हत्या हो रहता था हमी तो कोई भी नल् घर तीन कोई भी घर नहालि ती कि अब जाइ थी का सब सामान काम गई अब जाइ ल पहुनक उठकर ले लें आबे ते हम कहल कि कैला हो सब कैल रुस गया रुसल कह कुछ बोल रहा हा चल है सुतल के हो तो हम सोच ली कि बुझा ऐसी ही सूतनी लगल सुतल हती सुत के कहती कि नखड़ा कर तू तो नी करातिया हो तू तो कैसे खह पीब जल्दी जल्दी स आदमी इनके खियाबा नहीं कराने तब नहीं मुनि से चाल से चल छापर कूद और सामान लेके चल तो हम हाँ अपन छोटे बहने जो कूदल छापर में बैठा खोलिए बैठा खोल के दोनों बहन दर्द घर में ढुकाली कान अच्छा कहने के पहुना कानी गए तो देखती ऐसे मना बरे में ऐसे करके मुड़ी लटकल मतलब ये वाले है न से यहाँ मतलब जोड़ी हिं कर ऐसे तो हम चिड़ों चिड़ै आपके बोलावे गिल यहाँ बहरें कि हमारे घर में देखा को कोई चीज तो हो गए घर में कैसे फंसिया लगे हवा चल हम दौड़के वाला पूरा मैने पूरा जुट के सब खोल के सिकल थू तब देखे था तू कोई जाना अब कुछ कर फिर कोई बात नहीं तब जब शाम के आय थू उन खराब भाई माय बाप सवाल थी तक कहता थी कि सबके मारे मोर ने तो है घरों में आग लगा दे मतलब लड़का तरफ के जो माय बाप सब परिवार लोग आया आग लगा दे ने तो मंदिर में जाते देखिए एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि अभी कुछ देर पहले उनके जो सासु माँ है ये बता रही थी कि घटना होने से पहले एक ये हुआ की वहाँ उनको पड़ताड़ किया जाता था माँ बाप मारपीट करते थे सब कुछ करते थे और जब वो लड़का यहाँ आत्महत्या कर लिया या जो भी घटना हुआ यहाँ पर तो फिर वो माँ बाप इतने अग्रेसिव क्यों हुए क्यों लोग मारने के लिए आप लोग को तुले हुए हैं तो कहा कि बोलो सौ ससुर ही रहा है तो सब कमा के हाँ दे हाँ, या हाँ लग सब देल ये दिल का का थी तू सब तहलि कि हमारा एगो रुपैया हम ना खेती जो मालूम है से देखा घर उठबे थे तू देखे देखर हो जो हमारा सूच इंट बोलू हम नहीं तो हम दस हजार रोप पैसा हम अपना जुम्मू से दे चुके कि बबू हम दस हज़ार रोप लगा के घर उधर उठौ ला त अच्छा ठीक हादी द्या से हम लग भि के उठौलू कह तू उठौल दस हजार पैसा अपने जुम्मू से ले जा के उन दिले बोल हती किसे बोलखी करवा हम तो करवट कर हन कह पाता कुछ नहीं पता जन तो सामान कमलोता दौड़ लू लेकिन केवड़े लौके सुतल हती सामान कमैती कैसे लेके हम जाइए ऐसे करके सी एलो दे कि ऐसे करके अथी हो तो हूं मामू हतु और भाई हतु तो कहूँ कि मर नहीं तो आग लगा दे नहीं तो गोली मार गोली तोली मार नहीं तो हिग लगा के लड़कियाँ के शादी करे में टहलती जाता Mm -hmm. कल हम गो पा एगो भाई बाई हम कहने सबके लेके तो मंदिर में मैगरा लेके मंदिर में गल हथु को कुमें पीसे पीसे उड़ा दे तबिन mm -hmm. में मन मतलब शादी करावेला बच्चे के कर हमारे माय बाप सभी सब कोई नादी शादी होती मंदिर में हो हाँ। हो हुआ पकड़ के हमें मरबे पिटबे चल हमी से अथी करब ओ वहीं पकड़ के मरबे मर भाई बाहर कौ करो कुछ हमने कर झूठ के फसे थे हमको इतना बहती है कैल अच्छा छह गो बहनी पठे लगा तेल हम करे था तब लोगों सब मेहरू के सब मेहरून के लूगा खोल कर नचाना चाह कहा कि तोहनी के के मार मान हे करा अच्छा ये बताओ कि प्रशासन जो कोठी थाना प्रशासन है वो आए कि नहीं आए हाँ। हाँ। आ गए करिए सच सच बताऊ सच सच हम बता रहे सच बतावी थी हम तो गेली हम लड़ाई झगड़ा हम आपस में कुछ भी न हो परिवार से नब हम खेल के सब कम करे थी तो सुको में पता नीमग में कहा के ध्यान कहा के टेंशन है तो देख रहे थे कि अभी क्या कुछ उनके जो ससुराल वाले उनसे हम स्टेटमेंट ले रहे थे उनका बयान ले रहे थे तो क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना कुछ ग्रामीण जनता उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे की बगल में घटना घटा है तो यहाँ गार्जियन भी लोग हैं बुढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो क्या चजा क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर आप कैसे कैसे घटना हम नहीं तो माल देने थे हम तो बजे माल लेके आए थे हा, हा। और कांड हुआ था का तो बजे अच्छा अच्छा इतना हम तो सुनने में आया सुनने में आया मनो सामने भी देखे में आया की आप लोग जाकर देखे वहाँ पर ही कैसे तो मतलब तो तो ये देखने के लिए का मामला हो गया हाई तो देखेंगे अब तक जाँच में कुछ पता चला हम डर से अंदर गए नहीं किए डर के डर लगता है हमसे का एक नाम भूत रहा है भूत नहीं मर्डर हो गया है तो लगा मर्डर हो गया हाँ हा। चलिए चाचा आप बताइए कुछ चेज आप यहाँ के गार्जियन हैं बुढ़ा बुजुर्ग हैं तो आखिर गांव में कोई तरह की घटना होती तो गांव वाला के जिम बारी होगा ना तो क्या कुछ कहा बाई घटना पर बतावा हमको हाँ। घर बड़ी हाँ। दूर पड़ता ढेर ढेर आगे हम कहा तो जा सकते है न कुछ नहीं बता सकते हैं इसलिए कि कुछ, की नहीं कुछ सुने है की है। सुने है। आप देखा यहाँ पर मेला तो नहीं लगे यहाँ पर कोई ड्रामा तो नहीं हुआ थे यहाँ पर कोई आदमी हत्या कर लिया है वो हत्या हो गया है तो आखिर कुछ सुनना है तब नो तो हल्ला करके फांसी लगे है लयका अच्छा तो आप गाँव घर के आदमी ने तो कुछ जाँच की है कभी मतलब जा करके देखे की हत्या हुआ है की आत्महत्या किया है हम उसको नहीं देख पाए तो उसको थी नहीं पाए अच्छा हाँ। ठीक है। तो चाचा से भी हम हम बातचीत कर लेते हैं कि तो घर ना लियो लियो निकल में में कल की बोल से फांसी लगा के फांसी लगा थी से उतार के रख थी। यही हाँ। हुँ। हुँ। थी। तो सुन ले सुनल फांसी लगे को देख ल तो दे, तो मनो कि पर निशान दागी दागी दागी दागी हले दागी है। केने दागी हले दागी है ऐसा लगा कि मतलब आत्महत्या जैसे फांसी लगा के अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है